Jin Yo is back again ते भी ये चले हा वे वे तेरी जवानी मस्त जवानी तेरे पाचे खोद जवानी मान जा तेरी जवानी मस्त जवानी तेरे पाचे खोद जवानी जवानी परियां वर्गी लागो लाग परियां वर्गी लाग से जवानी रे रूप का जादू चाल मेरा गाथियों सारा हल्द हड पीट में बोला जितो ठमुक चल बोली सी तेरी सूरत दिल में रहना भागी रै ओ, तेरी जिब जिब जिब चाल तू तू तू मारी मारी में में आवे आवे दिल दिल मेरा दग दग मारी गाड़ दिल मेरा दग दग C -C का छोर और, और रह, तेरे स्टाइल ने जान का वाले छोरे रह, Yeah, जीनो, जीनो तना दिलता जावे छोरी बतावे अच्छी करिया जीनो तना दिलता जावे जा छोरी क्यूट बतावे, तो बतावे।, बतावे। मन बेरासा तू भी बीच <laughs>